और लड़ाई ही इस वक्त दिखाई दे रही है सियासी महाज पर और हर रोज उसमें किसी न किसी नए महाज का इजाफा ही नजर आता है इस वक्त मुल्क के हालात बहुत खराब हैं और नाजुक सूरत हाल बढ़ती ही चली जा रही है तारीख में कभी ये कौम फौज के आगे और फौज कौम के आगे खड़े नहीं हुए और वतन अजीज़ को इस वक्त गैरमूली एक बहरान का सामना है मुल्क सिक्योरिटी के इदारे और मुल्क के मकबूल तरीन सियासी लीडर आमने सामने हैं ये दोनों के दरमियान कोई मिस अंडरस्टैंडिंग है किसी ख़ास एजेंडे की तकमील हो रही है या फिर कोई बैरूनी साजिश हमें कमज़ोर कर रही है लेकिन तारीख गवाह है कि पाकिस्तान को ऐसी सूरत हाल का सामना कभी नहीं रहा है सियासी तनावात में सिक्योरिटी इदारों को ऐसे कभी लाया गया इशारों किरायों में बात भी होती रही सियासी इंजीनियरिंग के इल्जामात भी लगते रहे मगर कभी इतनी खुलमखुला खुला देखने में नहीं आई पूरे मुल्क में जो बड़े सिटीज हैं छोटे सिटीज हर जगह पर पीटीआई के सपोर्टर्स निकले उन्होंने टायरों को आगे लगाई उन्होंने रस्ते ब्लॉक कर दिए पूरा मुल्क का ब्लॉक था यानी हर तरफ के रास्ते बंद कर दिए गए नारे लगाए गए इदारों के खिलाफ फ़ौज के खिलाफ लोगों के खिलाफ और जो उनके ओपोनेंट्स हैं उनके खिलाफ खूब नारेबाजी हुई और पूरा दिन ऐसा लग रहा था कि जैसे जंगो जदल हो रही है यहाँ पर कोई वो बस आप समझ लें कि हम कौन सा नक्शा पेश करें वो इराक़ में जब वो सिचुएशन थी सीरिया में जो सिचुएशन थी या अफगानिस्तान में जो कुछ पहले हालात थे तो वो बस उसी तरह के कुछ लग रहे थे कि ये तो भाई क्या यहाँ पर हो क्या रहा है तमाम तर सूरत हाल का जायजा लेते हुए ये फैसला किया गया कि इमरान खान साहब के खिलाफ पाकिस्तान तहिकानसाफ़ के दीगर रहनमाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी दो मामलों के हवाले से एक तो जो पुरतद एहतजाज हो रहा है उसकी वजह से और दूसरा मामला जो कल आई एस पी आर की जानब से प्रेस रिलीज़ जारी की गई जिसमें उन्होंने कहा कि फौजी पाकिस्तान के ऊपर जुने इल्जाम आएद किए उनके सीनीय अफसर के ऊपर उसके हवाले से भी कानूनी कार्रवाई प्रोसीड की जाएगी वजम शहबाज शरीफ ने भी इसी इशू को लेकर आज मीडिया से बात की उन्होंने क्या कहा ज़रा देखिए अगर इसने आज इल्जाम वजी अजम पर लगाया है इंटीरियर मिनिस्टर पर लगाया है फौज के एक आला अफसर पे लगाया है तो मैं आज कहता हूँ फिर मुझे एक सेकेंड रहने का हक नहीं की खुदा न खासा इस साजिश में दूर दूर तक मेरा कोई रत्ती बराबर भी अगर इस साजिश का कोई हल्का सा साबूत नहीब सबूत भी आ जाए तो मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि मैं हमेशा के लिए सियासत छोड़ दूंगा चीफ जस्टिस बंदयाल साहब मेरी आपसे गुजारिश है कि आप फुल कोर्ट पर मबनी कमीशन तश्कील दें यह साजिश तभी दफन होगी के सामने आएंगे लिहाजा के के सोश, तो इधारों के लिए इन्फॉर्मेशन को रोकना और करना भी अब शायद नहीं रहा सबसे अहम कुछ है तो वो है कि इस वक्त पब्लिक क्या है इस वक्त जलाओ घेराओ बदमनी और नारेबाजी हो रही है हर जगह पर हो रही है चौक चौक में हो रही है कहीं कहीं फोर्स और आवाम भी आमने सामने हमें नज़र आ रहे हैं सवाल ये है कि क्या मुल्क में लाकानूनी तो और इंतजामी बहरान सर उठा रहा है जमारात को सबक वज़ी अजम इमरान खान पर वज़ी आबाद में होने वाले कातलाना हमले ने उनके कारकुनों और हमायतियों में एक गम और गुस्सा पैदा किया है जबकि इमरान खान ने इस हमले की ज़िम्मेदारी अपने सियासी मुखालफन के साथ साथ खुफ़िया इदारे के एक अफसर पर भी डाली है यानि तहकीक़त से पहले ही अवामी जज्बात को ऐसी एक डायरेक्शन दे दी गई है जिससे नफ़रत भी बढ़ रही है और गुस्सा भी बढ़ रहा है पाक फ़ौज ने अपने अफसर के दिफा में न सिर्फ़ इमरान ख़ान के इल्ज़ाम को बेबुनियाद करार दिया बल्कि इसे गैर जिम्मेदाराना भी कहा पी आर से रात जारी होने वाले बयान में यह वाज किया गया है कि कोई एक फ़ौजी अफसर ऐसा नहीं कर सकता बल्कि फ़ौज में सख्त एहतसाबी निज़ाम मौजूद है यानी हमने देखा है कि फौजी इंक्वायरीज़ भी होती हैं रिपोर्ट्स भी तैयार होती हैं एक इंटेलिजेंस निज़ाम पर काउंटर इंटेलिजेंस चेक रखे जाते हैं सख्त सज़ाएँ भी दी जाती हैं ऐसे में इन इल्जामात पर कौम को मुतमिन करने की ज़िम्मेदारी भी हमारे इदारों की है बल्कि लॉन्ग मार्च की सिक्योरिटी के लिए मुकम्मल खुफ़ी और ज़ाहरी नज़र रखने की जिम्मेदारी भी इन्हीं पर है दूसरी तरफ इमरान ख़ान की जिस इनकलाबी तहरीक का रुख अपने सियासी मुखालफ की तरफ था इसका रुख अब इस वक्त सियासी क्यादत की तरफ कम और मुल्की इस्टेबलिशमेंट की तरफ ज्यादा हो चुका है वजीराबाद हमले को 48 घंटे हो चुके हैं लेकिन अभी तक तहरीक इंसाफ की अपनी हुकूमत होने के बावजूद पंजाब में अपनी हुकूमत होने के बावजूद इस वाक़ की एफआईआर दर्ज नहीं हो पा रही है तहरीक इसाफ बजद है कि वह अपनी मर्जी के अफरा के खिलाफ एफ दर्ज करवाएगी जबकि इंतजामिया वजी वजीर दाखला और फौजी अफसर को एफ में नामजद करने को तैयार नहीं है फवाद चौधरी ने तो यहां तक कह दिया कि एफ वही होगी थाने से हो या फिर अदालत जहाँ तक एफ आई आर का ताल्लुक है हमने जो अपना मौकफ है इमरान खान की जो एक ओपिनियन है और जो हमारी पार्टी की ओपिनियन है वो हम रेपट लिखवा के दे चुके हैं अगर ये यहाँ पे एफ आई आर नहीं होगी तो फिर हम अदालतों में जाएंगे कहा गया है कि हुकूमत इमरान खान के झूठे इल्जाम पर कानूनी कार्रवाई करे इदारे और अफसरान के खिलाफ लगाए गए जो इल्जाम हैं अफसोसनाक हैं काबिल मजम्मत हैं साथ ही उन्होंने कहा कि फौज का अपना अंदरूनी एक एहतस नज़ाम मौजूद है अब नवाज शरीफ साहब की सुन लें वो भी फौरी कार्रवाई क्या उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को कहा है कि फ़ौरी कार्रवाई करें कैसे इमरान खान जो है वो इदारों के खिलाफ बयान दे सकते हैं इमरान खान सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं इस वक्त मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं और नाजुक सूरत हाल बढ़ती ही चली जा रही है क्योंकि इमरान खान ने वापिस आके ये ऐलान कर दिया है कि वो एक मरतबा फिर लॉन्ग मार्च करेंगे जैसे ही ठीक होंगे वो जैसे ही सेहतियाब होंगे उनकी टाँगें जैसे ही ठीक होंगी तो सबसे पहले वो दौड़ लगाएंगे और दौड़ लगाके वो कंटेनर पे एक मरतबा फिर चढ़ जाएंगे और लॉन्ग मार्च फिर शुरू हो जाएगा फिर स्टार्ट होगा तो जो ये समझ रहे थे कि चलें इससे एक तो ये चीज़ ख़त्म हुई कि वो जो एक हंगामी सूरत हाल थी और लॉन्ग मार्च चल रहा था तीन दिन के अंदर तीन से चार लाशें गिर गईं इस लॉन्ग मार्च में अभी तो स्टार्ट ही हुआ था तो उससे निजात मिल गई पूरे मुल्क में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 हम कौन सा नक्शा पेश करें वो इराक़ में जब वो सिचुएशन थी सीरिया में जो सिचुएशन थी या अफगानिस्तान में जो कुछ अर्सा पहले हालात थे तो वो खसूस ही तरह के कुछ लग रहे थे कि ये तो भई क्या यहाँ पर हो क्या रहा है ठीक है वो जो सिविल वार कही जाती है तो वो फिर यही होता है ये जो हम कहते हैं ना नहीं होगी तो वो इसी तरीके से यही जो कल हो रहा था तो ये क्या था और मुझे बताइए जो मजाक उड़ा रहा है नहीं उड़ाना चाहिए इसकी वजह यह है कि हमारे मुल्क में ये वाला पहली मरतबा तो ऐसा वाकया नहीं होने लगा ना यानी कितने लोग मारे गए इस वजह से पॉलिटिशियंस प्राइम मिनिस्टर्स बड़े बड़े पर्सनालिटीज़ कत्ल कर दी गई सड़कों पर तो ये तो कोई अनोखी बात थोड़ी है वो बच गए ठीक है जिस तरह वो कह रहे हैं कि जी बहरहाल ये तो अब साजिश है या नहीं है जो भी है आप इन्वेस्टिगेशन करवाएं लेकिन ये जो मजाक उड़ाया जा रहा है ना देखे मसला पता है क्या होता है अपने लोग भी अंदर से कुछ ऐसी ही बातें करते हैं जैसे मैं देख रही थी कि अब हमाद अजर है हमाद अज़र साहब से किसी ने ये पूछा कि जनाब जरा ये बताइएगा कि ये क्या सूरत है अले इमरान खान खैरियत से हैं क्या कहेंगे आपने बिल्कुल खैरियत से बस ये है कि उनकी जो टांग है वहाँ पर शहरग में उनके गोली लगी है यानी आयोटा वो जो एक आपको पता है ना वेन जो होती है वो मतलब हम तो शाहरग इसको बोलते रहे तो उन्होंने कहा टांग में शहरग में गोली लगी अब उसके बाद फिर जो वो एक चला है जो कि ये वाला है मतलब टांग में इशारा कि ये पहली मरतबा मैंने सुना है कि वो फिर उसके बाद जो जिस जिसने उस चीज़ का मजाक उड़ाया या उस बात को किया कि ये किस किस्म की मतलब खुद से ही जो है वो मजाक उड़ाने वाली बात है चलें बहरहाल बड़ी फिर हमें सुननी पड़ी जितने भी पीटीआई के सपोर्टर्स थे सब ने आ के जो जो जो कुछ कहना था वो कह डाला लेकिन उसी के साथ एक और फिर हम जो है वो कहीं से भी कुछ ऐसा आए ना तो हम उसको ज़रूर पिन पॉइंट कर दिया करते हैं जिस तरह के एक नवाजशीर साहब के एक बड़े करीबी बंद हैं उन्होंने कहा कि नवाज साहब वापस आ रहे हैं और वो 33 दिसंबर को वापस आ रहे 33 दिसंबर को वापस आ रहे मैंने कहा देख लें कहीं ये थर्टी थ्री तो नहीं है साल भी जो है वो 33 ही हो मिया साल को वापसी रखा प्लेन मियाँ साहब की वापसी बस कंफर्म हो गई है इनशाला आपको मैं गुड न्यूज दे रहा हूँ दिसंबर की 33 को मियाँ साहब जा रहे हैं कि कितने